नमस्कार और आपदिक हैं पल पल फाद के सदर थाना क्षेत्र में गांव धारनिया में एक महिला का उसके पति और सास ससुर द्वारा दहेज के लिए पानी में डुबोकर हत्या करने का मामला सामने आया महिला का शव पुलिस ने धारनिया गांव के समीप आदमपुर माइनर्स नहर से बरामद किया शव बरामद होने के बाद पुलिस ने मृतका के परिजनों को जानकारी दी और डीएसपी अजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को मृतका गुड्डी देवी के चाचा जगदीश चंद्र ने शिकायत देते हुए बताया कि गुड्डी देवी की शादी गांव धारनिया निवासी कुलदीप के साथ हुई थी जगदीश चंद्र ने दहेज के लिए अपनी भतीजी गुड्डू की ससुराल के पति सास ससुर द्वारा हत्या करने का आरोप लगाया है पुलिस ने जगदीश चंद्र की शिकायत पर आरोपी पति कुलदीप व सास ससुर पर दहेज के मामले में हत्या करने का आरोप केस दर्ज किया है शव को पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया वही डीएसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि केस दर्ज करने के बाद पूरी घटना की जांच की जा रही है और मामले में नियमानुसार कार्रवाई मामले में लाई जाएगी पल पल फते राजेश की विशेष जगदीश नाम व्यक्ति जो दानलेख लगा रहने वाला है नई सूचना दी थी उसकी दीदी बोटी जो कुलदीप के साथ धारनिया गांव में शादीशुदा थी उसकी उसकी सास ससुर व उसके पति द्वारा पानी में डूब होकर हत्या कर दी गई है जिसमें उसकी डेड बॉडी आदमपुर मैंने जो तो धारनिया के पास है उसे बरामद कर ली गए डेड का पोस्टमार्टम करा गया उनके वापसी में हवा कर दिया है और दो सौ के समय में हत्या के मुजमा दर्ज कर दिया गया वर्षीय कार्रवाई की जाएगी